बसमिल अहमद हूवन ससूलकर फ़ार्ज़बल्ल मिनशीज़ीम बसमल रिम आज का जो हमारा बयान है वो ये है कि ज़ल्ला क्यों आते हैं या भूकंप क्यों आते हैं तो देखें सबसे पहली चीज़ ये समझें इसकी दो लॉजिक हैं एक लॉजिक जो बड़े बड़े साइंसदान हैं वो बताते हैं कि ज़लज़िले इसलिए आते हैं उसके अंदर प्लेटें होती हैं वो प्लेटें जब कम हो जाती हैं जब उससे बराबर गैस निकाली जाती है पेट्रोल जैसे निकाली जाती है कीमती आलात निकाले जाते हैं तब तो फिर उसके अंदर गैस बनती है वो गैस फिर उससे निकलती है तो यही वो जल्जिला हो जाता है जिससे तबाही फैलती है उनकी लॉजिक ये है अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ की तरफ वो ये है कि कुछ इंसान ये कहते हैं कि ये जलजिला इसलिए आया था कुछ इंसान जो और मज़ब के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये तबाही इसलिए आई थी कि हम एक दूसरे से अच्छा ताल्लुकात नहीं रख पा रहे थे एक दूसरे के हुकूक को नहीं पूरा कर पा रहे थे वो कुछ हर कोई अपने अपने हिसाब से लॉजिक बताता है इसकी आने की दलील बताता है कि ये ऐसा जब ही होता है जब ये होता है जब ये, ये काम होते हैं लेकिन किसी ने हत आयशा से पूछा कि जल्जले क्यों आते हैं तो हत आयशा ने फरमाया क्या बेहतरीन जवाब दिया कहा कि जिस मुआरे में जना आम हो जाए बदकारियाँ खुले आम हो जाएँ शराबें खुलेआम पी जाएँ लोगों के इज्जतों से खुलेआम खेला जाए कोई इस पर नदामत ना हो कोई इस पर शर्मिंदगी ना हो जिना करके इंसान एक बार ना पछताए ना शर्मिंदगी महसूस करे ना ही एक बार तोबा करे और शराबें पी पी कर अपने आप को बर्बाद करे और ना ही उस रब से तोबा करे तो फिर ऐसे मुशरे में ऐसे वक्त में जलजले की उम्मीद रखना समझ में आ गई बात हजरत आयशा ने यह फरमाया अब मेरे भाई हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को समझना है कि ये जलजले इसलिए आते हैं ताकि हम इनसे इबरत हासिल करें देखें अब अच्छा एक चीज और समझ में आती है कि अभी आप जो सुन रहे हैं जलजले के बारे में आपके दिल में कुछ पैदा होता है वो ये पैदा होता है कि जलजले वहाँ पर नहीं आते जहाँ पर नेक लोग होते हैं तो ऐसा भी नहीं है और जहाँ पर बदकार लोग होते हैं वहाँ पर भी आते हैं तो इसकी कोई लॉजिक नहीं है जलजले वहाँ पर भी आते हैं जहाँ पर नेक लोग हैं और जहाँ पर नेक लोग नहीं हैं वहाँ पर भी आते हैं समझ में आ रही है इसकी सादा सा मिसाल हम दें हजरत अमर का जब दौर खिलाफत था तो उस वक्त में भुखमरी ऐसी आई ऐसी आई कहत साली पड़ गया बताओ हजरत अमर कैसी इंसाफ के साथ वो हुकूमत चला रहे होंगे लेकिन वहाँ पर भी पढ़े इसकी कोई लॉजिक नहीं है कि हम इतने क्या कहते नमाज पढ़ने वाले इंसान थे तहाजुदगुजार बंदे थे दीनदार इंसान थे यहाँ ही अल्लाह ने जलजला भेज दिया तो समझ में आ रही है बीमारी भी कभी किसी को लग सकती है चाहे वो दीनदार आदमी है चाहे वो वह गुजार आदमी है किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ लॉजिक होती मगर हमें नहीं समझ में आने वाली ये हो सकता है इसी तरीके से लेकिन मेरे भाई ये जो होता है इससे एक इबरत तो हमें हासिल करनी चाहिए अभी देखो तुर्की में जलजिला आया कितना ख़तरनाक जलजला आया कितने लोगों की मौतें हुई किस कदर तबाही हुई किस कदर मकान गिरे किस कदर बिल्डिंगे गिरी किस कदर ज़मीनें फटीं और किस कदर उसके अंदर अल्लाह के अजीब व मनाजिर भी देखने को मिले किस कदर उसकी कुदरत और वहदानियत भी हमें समझ में आई कि जो इंसान जो इंसान आज ये सोच रहा था कि ये उसकी बिल्डिंगें उसके पास हमेशा रहेंगी उसकी उसमें नस्लें रहेंगी और वो इन बिल्डिंगों को सोच रहा था कि ये हमने बहुत अच्छी बनाई है उस बिल्डिंगों को उस पर नाच था अल्लाह ने उन्ही बिल्डिंगों को उस आदमी यानी उस इंसानों के सामने ध्वस्त कर दिया जिन्होंने बनाया और वो बिल्डिंगें ऐसे गिरी ऐसा लगता है जैसे किसी ने ताश के पत्ते लिए हों और उनको चारों तरफ से फाड़ा हो और उनको उछाल दिया हो ऐसे करके जैसे हम लोग कोई कागज़ को फाड़ के उछाल देते हैं उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इसी तरीके से वो बिल्डिंगे भी गिर गई इसी तरीके से मेरे भाई वो सड़कें जिन सड़कों पे उन्हें नाज था वो सड़कें ऐसी चमकदार थीं कि वो अपनी शक्ल सूरत भी उसमें देख लेते थे लेकिन अल्लाह ने सिर्फ एक सेकंड में उस सड़क की ऐसी हालत कर दी वो सड़क ऐसी दिखने लगी ऐसा लगता जिस किसी बच्चे ने कागज़ के टुकड़े लिए हों और उसको फाड़ दिया हो ऐसी सड़कों की हालत हो गई किस कदर तबाही हो गई और उसी जल्जले में किस कदर कुदरत भी उसकी नज़र आई कि वो माएँ जो हमल से थीं वो माएँ जो हमल से थीं और वो मलबे के अंदर दबी वो माएँ तो मर गईं लेकिन उस हमल से ज़िंदा इंसान पैदा हुए ज़िंदा बच्चे पैदा हुए ये भी अल्लाह की बड़ी अजीब कुदरत समझ में आई अजीब व गरीब मनाजिर देखने को मिले बच्चे पैदा हुए कुछ बच्चियां जो मलबे के अंदर दब गई थी वो दबी रहीं लेकिन ज़िंदा रहीं और कुछ बच्चियाँ तो कितने घंटों बाद निकाली गईं अल्लाह की बड़ी अजीब वुदरत है कि अल्लाह जिसको चाहता है तो मौत अगर दे दे तो कोई नहीं रोक पाएगा और अगर ना दे और फिर सारी के सारे असबाब उसके ऊपर पड़ जाएं तो मेरे फ्याल मेरे भाई वो इंसान नहीं मर सकता जब तक रब नहीं चाहेगा तो नहीं मरेगा और जब रब चाहेगा तो मर जाएगा ये बात समझ में आ रही है और इससे एक चीज़ और समझ वो कि जलजला इसलिए आता है कि हमको होशियार रहना चाहिए हमको सतर्क रहना चाहिए कि ये दुनिया हमेशा नहीं चलती रहेगी ये दुनिया की मोहब्बत मेरा भाई कुछ भी हो सकता अगले चंद सेकंड में कुछ भी हो सकता जलजिला यहाँ भी आ सकता जिस वक्त हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर भी जलजिला आ सकता तो ये दुनिया जगह जी लगाने की नहीं है ये बस खाली इबरत की है तमाशा नहीं है यहाँ हम सोच रहे हैं कि ये बिल्डिंगे हमारी या औलादें हमारे नौकरियां हमारे काम की ये ऑफिस हमारा ये कंपनी हमारी ये जायदादें हमारी ये प्रॉपर्टी हमारी ये हवाई जहाज हमारे ये एम्बुलेंस हमारी ये कारें हमारी नहीं मेरे भाई सारा का सारा कुछ नहीं है कुछ भी अगले चंद सेकंड में हो सकता कुछ भी हो सकता कोई इसका पता नहीं है इसीलिए इस दुनिया से दिल मत लगाओ समझ में आ रही बात दुनिया जगह जी लगाने की नहीं है बरत की जा है सिर्फ बस खाली तमाशा नहीं है इससे बस खाली इबरत हासिल करो अपने आप को बचाओ गलत सलत कामों से गुनाहों से बचाओ अपने आप को कि हम अल्लाह की ताबेदारी में लगे रहें अल्लाह की फर्माबर्दारी में लगे रहें रसूलों को रसूलों की सुनतों पर चलते रहें अपने आप को गुनाहों से बचाते रहें बेहयाई से अपने आप को बचाएं जिनाकारी से अपने आप को बचाएं शराब नोशी से अपने आप को बचाएं और भी अदर बुराइयां उनसे अपने आप को बचाएं और ये समझें कि ये दुनिया किसी भी वक्त में ख़त्म हो जाएगी जब अल्लाह ने कहा है जवाता अपने दुनिया की हर एक, एक चीज फना होने वाली है जमीन है आसमान है इसके अंदर चांद सितारे हैं और इसके अंदर चरिंद परिंदे हैं इसके अंदर सारी एक से एक अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं सबके सब कुछ ख़त्म हो जाएंगी सब कुछ इसीलिए लिए मेरे भाई ये सब चीज़ें होती रहती हैं कि हम इससे इबरत हासिल करें हमें ये नहीं देखना है कि ये जलजिला इसलिए आया था कि इसके अंदर इसकी पलेटें इतनी कम हो गई या ये उन्होंने भेज दिया या ये जलजिला इनकी साजिश है ऐसी पता नहीं कितनी वीडियो बनती रहती हैं यूट्यूब पे कि ये उनकी साजिशें थी ये उनका इसमें हाथ था ये उनका इसका काम था कुछ नहीं मेरे भाई ये जलजिला सिर्फ इसलिए आता है कि हम इससे इस इबरत हासिल करें कि दुनिया हर वक्त नहीं रहने वाली अगले चंद सेकंड में कुछ भी हो सकता हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता जलजला यहाँ भी आ सकता वो रब कुछ भी कर सकता है इससे हमें यद हासिल करना है असल जो जिंदगी है वो आखिरत की है उसकी हमेशा लगन और फिक्र में हमको लगे रहना है देखो आप चाहे जितना भी कुछ कर लें जितनी कुछ कर लें ताकत से ताकतवर चीज़ें बना लें लेकिन हमारा रब एक जरा से झटके में जरा से झटके में वो सारी की सारी चीज़ें हिला के तोड़ फोड़ के रख देता है अगर आप जापान में जाओ वहाँ ट्रेन का देखो सिस्टम कितना रेलवे रेलवे का सिस्टम वहाँ बहुत बेहतरीन है बतलाया जाता है वहाँ ट्रेने बहुत स्पीड के साथ चलती हैं मगर फिर भी क्या हो जाता है बाईचानस ट्रेने पलट जाती हैं इतना अच्छा निज़ाम होने के बावजूद इतना अच्छा तो हमारे यहाँ भी नहीं इतनी ट्रेनें पलटती हैं लेकिन वहाँ क्या होता है इतना अच्छा होने निज़ाम होने के बावजूद भी हो जाता है तो मेरे भाई ये सब चीज़ें होनी होती हैं ये हो जाता इसलिए ताकि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि ये दुनिया बिल्कुल नहीं चलने वाली ये दुनिया हर वक्त नहीं हमारे साथ रहने वाली हमें भी इसको छोड़ के जाना और ये एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी पूरी की पूरी कयामत में सारी की सारी चीज़ें इसकी फना हो जाएंगी हम इससे थोड़ा पहले चले जाएंगे तो समझ में आ रही बात है ये इसीलिए होती है कि हम इस दुनिया से दिल ना लगाएँ हम इस दुनिया के चक्करों में ना पड़े रहें हम ये ना सोचें कि हमारी ये जायदादें कहाँ जाएंगी हम हमने देखो बहुत सारे बड़े बड़े नमाजी और हाजी लोगों को देखा कि वो नमाज तो पढ़ते हैं बड़े दीनदार लोग हैं लेकिन उनके दिल से दुनिया की मोहब्बत नहीं गई दुनिया की चाहत नहीं उनके दिल से निकली मेरे भाई इस दुनिया की चाहतों को अपने दिल से निकालना है कि दुनिया कुछ भी नहीं है धोखे का घर है मच्छर का पर है मकड़ी का जाला है अंधेरा ही अंधेरा है सिर्फ कहीं भी उजाला नहीं है मेरे भाई कहीं भी उजाला नहीं है और ये बात समझ लो ये दुनिया कुछ भी नहीं है जलजले भी आते हैं भूकंपें भी आती हैं एक से एक आसमान से लहरें भी आती हैं ज़मीन से लावा भी निकलता ये, ये जो दुनिया है ये फितरों का नाम दुनिया है इस दुनिया से अपने आप को मेरे भाई बचाना है इसमें अपने आप को मायन नहीं होना है ना ही इसकी चाहत अपने अंदर लाने देना है हमें उस आखिरत की फिक्र करना है जहां हमको मर के जाना है मरने के बाद दोबारा जिंदगी मिलेगी मेरे भाई अल्लाह हमको दोबारा जिंदा करेगा अल्लाह पूरी कायनात को मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा ये उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वही है जिसने तुमको पैदा किया वही तुम्हें रोजी देता है फिर वक्त आने पर ही तुमको मौत देगा फिर वही तुमको दोबारा जिंदा करेगा तो मेरे भाई मैदान महसर में भी हर शख्स अपनी अपनी फिक्र में उलझा रहेगा जब लोगों को मैदान मशर में जमा किया जाएगा तो हर शख्स अपनी अपनी फिक्र में उलझा रहेगा इस क़दर परेशान हाल होगा कि अपने घर वालों से भी भागने की कोशिश करेगा कोई किसी की हमदर्दी नहीं करेगा तो मेरे भाई वहाँ के लिए तैयारी असल है ये दुनिया हमारे लिए कुछ भी नहीं है इससे हमको बचना है और अल्लाह ताली से दुआ करो देखो अल्लाह की तस्दीक दुनिया मुर्दा जानवरों से भी ज़्यादा जलील और बेहकत है ये एक हकीकत है कि मुर्दा जानवर को हकीर समझा जाता है। अगर वो कहीं पड़ा हो तो हम नाक पर हाथ या कपड़ा रखकर गुजर जाते हैं उसकी तरफ़ देखना भी पसंद नहीं करते अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया इस मुर्दा जानवर से भी ज़्यादा हकीर और जलील है चुनाच एक हदीस में है कि एक मरतबा रसूल सल्ला वसम का बाजार से गुज़र हुआ तो आप बकरी के एक मरे हुए बच्चे के पास से गुजरे जिसके कान छोटे थे आपने इस बकरी के बच्चे के कान का पकड़कर उसे उठाया इस बकरी के बच्चे के कान को पकड़कर उठाया और फरमाया तुम में से कौन बकरी के इस बच्चे को एक द्रहम में ख़रीदने के लिए तैयार है साहबा क्राम ने अर्ज़ किया कि एक द्रहम हम तो क्या मामूली चीज़ के बदले भी हम इसे लेने के तैयार नहीं है हम इसे लेकर क्या करेंगे फिर हजूर सलील आसम ने फरमाया क्या तुम में से कोई इसे मुफ्त में लेने को तैयार है साहबा कराम रज़ी ने अर्ज़ किया खुदा की कसम अगर ये बच्चा ज़िंदा भी होता वो भी आयददार था इसलिए कि इसके कान छोटे थे तो जब ज़िंदा लेने के लिए कोई तैयार ना था तो मरदार लेने को कौन तैयार होगा उसके बाद रसूल सल्लासम ने फ़रमाया तुम्हारी नज़रों में बकरी के इस मुरदार बच्चे की लाश जितनी बेहकत और ज़लील चीज़ है खुदा की कसम अल्लाह के नज़दीक इससे ज़्यादा बेहकत और जलील चीज़ ये मेरा भाई दुनिया है तो आप सल्ह वम ने ऐसी मिसालें दे समझा दिया तो मेरे भाई हमें नबी करीम अलैहि वसल्लम ने समझा दिया है आखिरत के मुकाबले में दुनिया की हैसियत कुछ भी नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में ऐसी है जैसे उंगली दरिया में डालकर कर निकाल ली जाए फिर देखा जाए कि उसमें कितना पानी है हदीस का मतलब है कि जिस तरह उंगली में लगे हुए पानी दरिया के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है कोई हैसियत नहीं रखता इसी तरह दुनिया की इसी तरह दुनिया भी आखिरत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है वो शख्स बड़ा ही घाटे में है जो इस कदर दुनिया के पीछे मरता है और आखिरत की तैयारी से गाफिल रहता है मेरे भाई दुनिया की मोहब्बत दिल में ना होने का फ़ायदा तो ये है रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया दुनिया की ख्वाहिश का ना होना जिसम और दिल के लिए राहत है और दुनिया के आर्जू और रनज़म को बढ़ाती हैं अगर हमारे अंदर दुनिया की चाहत रहेगी और फिर जब हम मरेंगे देखो मरना तो है ही या कुछ भी हो सकता है किसी भी हालत में मान लो अभी जल्जले आए उनकी आंखों के सामने वो बिल्डिंगे गिरी या उनकी आंखों के सामने और भी उनकी कीमती कीमती सामान गिरे तो बताओ वो किस कदर परेशान होंगे होंगे या नहीं होंगे कि वो उनका दिल उसी तरफ लगा हुआ होगा कि हमने इसको कितनी मेहनत से बनाया था तो मेरे भाई और अगर इसका ये फ़ायदा है दुनिया से अगर नहीं होगा हमको मोहब्बत नहीं होगी दुनिया से इसका फायदा यह है कि हमको बिल्कुल जरा बराबर भी टेंशन नहीं होगी जो जा रहा जाने दो यार दोबारा क्या कहते हैं हमको तो वैसे भी मरना दुनिया की हर एक चीज फना है बस इतना सा अपने आप को समझा लो मेरे भाई समझा लो दुनिया कुछ भी नहीं है उस आखिरत की तैयारी कर लो खबर आखिरत की पहली मंजिल है उस मंजिल से अपने आप को पार होने में कामयाब करो मेरे भाई कामयाब करो एक दूसरों के हकूक को ना मारो ना ही उनके साथ बदतमीजी से पेश आओ ना उनके हक मारो मेरे भाई गरीबों की मदद करो आज जो माशरे में सारी की सारी बुराइयाँ फैली हुई हैं मेरे भाई इन सब को ख़त्म करो एक दूसरों का हक मत मारो यतीमों का सहारा बनो उनकी मदद करो बेवाओं और औरतों की मदद करो हर एक एक चीज़ इंसान की मदद करो जो ताकतवर हैं वो ताकत कमज़ोरों की मदद करें जो मालदार हैं वो ग़रीबों की मदद करें हर एक लिहाज से अपनी अपनी फ़िक में लगा रहे मेरे भाई हमारी ये दुनिया ही आखिरत बन जाएगी दुनिया ही आखिरत बन जाएगी और यही हमारी एक न, क्या कहते जन्नत भी बन जाएगी दुनिया अगर हम इस तरीके का अपना माहौल या क्या कहते कल्चर बना लेंगे तो अल्लाह ले तार हम लोगों को इन्हें सुनने ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी कदा फरमा आमीन